दर्शकों ओम शन सनिश्चराय नम शनिदेव न्याय के देव 18 सितंबर 2019 को धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं और प्रत्येक राशि के जातकों पर प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और यदि काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव अर्थात दसम भाव और लाभ भाव अर्थात एकादश भाव के मुख्य स्वामी ग्रह माने जाते हैं यदि कालपुरुष की कुंडली में देखें तो यह हमारे जीवन में कर्म विभिन्न प्रकार की सेवाएं नौकरी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कारक माने जाते हैं पॉलिटिशियन के कारक माने जाते हैं न्यायाधीश इसीलिए इस ग्रह को न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है इसलिए विशेष रूप से जीवन की हर स्थितियों के अतिरिक्त इन्हें व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से संबंधित मानकर बहुत ही ज्यादा महत्व तो दिया जाता है शनि देव ने वर्ष 2019 में धनु राशि में ही अपनी गति को जारी रखा हुआ है जहां ये 30 अप्रैल को वक्री अवस्था में चले गए थे और अब यानी कि अट्ठारह सितंबर को प्रातः आठ पर वक्री गति समाप्त करके पुनः ये मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे और इसके पश्चात वर्ष पर्यत ने ये धनुराशि में रहकर सभी जीवधारियों को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करेंगे शनिदेव का, का प्रवेश होगा तो मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि का क्या हाल होगा इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि शनिदेव राजा को रंग और रंग को राजा बनाते हुए देर नहीं लगती है यह न्याय के अनुसार व्यक्ति को कर्मों की सजा उनके देते हैं जैसे आपके कर्म होंगे उस प्रकार से शनि देव आपको देंगे यदि आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो शनि देव आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे तो मेष राशि के जातकों आपके जो शनि देव हैं दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं आपने पूर्व में काफ़ी मेहनत की है बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है और जो चीज़ें आपको नहीं मिली है अब समय आ गया है कि वो चीज़ आपको मिले तो मार्गी होकर के शनि देव आपको हर प्रकार की सफलता प्रदान करेंगे इस दौरान आपका भाग्य प्रबलता से आपके साथ खड़ा होगा और हर काम में आपको सफलता दिलाएगा आपके जीवन को स्थायित्व की ओर आगे बढ़ाएगा हालाँकि इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण की संभावना भी बनेगी लेकिन यह स्थानांतरण भी आपके लिए फायदेमंद सौदा साबित होगा इसलिए इसे सह स्वीकार करना आपके लिए बेहतर होगा आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आपको कोई आय का पक्का सोर्स मिलेगा पक्का माध्यम मिलेगा जो आपकी आमदनी को बनाए रखेगा भाई बहनों के प्रति थोड़ा सतर्क रहिएगा और समय पड़ने पर उनकी सहायता भी करिएगा लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान होगी कोई जो है बड़ा सौदा आप इस दौरान डील करते हुए नजर आएंगे आपको अपने पिताजी से अच्छे संबंध बनाए रखने का जो है प्रयास करना चाहिए इसलिए अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करें और उनका आप पूरा मान सम्मान दें आप अपने विरोधियों को नाकू चने चबवा देंगे ये मार्गी शनि के गोचर से कार्यक्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और इनकम के सोर्स नए नए आपके बनेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन धार्मिक स्थल पर आपको सफाई करनी रहेगी और कोशिश कीजिएगा कि शनिवार के दिन काले वस्त्रों का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर कैसा रहेगा तो वृक्ष राशि के जातकों शनि देव आपके नवम और दसम भाव के स्वामी हैं। शनि देव ने आपको जीवन में काफी ज्यादा परिपक्व बनाया है बहुत ही ज्यादा समझदार बनाया अब वह समय आ गया है कि उस समझदारी का पूरी तरीके से उपयोग करें मार्गी होने के बाद शनिदेव धीरे धीरे भाग्य की सहायता दिलवाएंगे और आने वाले समय में आपकी कुछ योजनाएं सफल होंगी जिनसे आपको अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होना शुरू होगी आपको स्वास्थ्य के थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए क्योंकि कोई बहुत बड़ी समस्या आती हुई दिखाई दे रही है कोशिश कीजिएगा कि अपना हेल्थ चेकअप समय से कराइएगा हालांकि किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलने की भी इस दौरान संभावना है आपको पैतृक संपत्ति या विरासत में कोई जो है संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना है लेकिन याद करिएगा कि कोई कठोर निर्णय भी आपको इस दौरान करने पड़ सकते हैं परिवार को लेकर के कार्य क्षेत्र में प्रयास जो आपने आज तक किए हैं उन्हें अभी और जारी रखें थोड़ा सा समय और बाकी है जब आपको उसका फल मिलेगा अपने ससुराल पक्ष से लोगों से कोई बात भी बात ना करें बल्कि हर बात को प्यार से सुलझाने का प्रयास करें यदि आप नहीं सुलझा सकते हैं तो उस मामले से आप हट जाए संतान के प्रति आपकी चिंताएं जायज़ नहीं होगी क्योंकि वो अपनी राह पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे प्यार के मामले में थोड़ा बेचैन होने से बचिएगा और शिक्षा के प्रति गंभीर जो आपको गंभीर रखिएगा इस दौरान आपके अंदर उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की प्रत्येक सुबह जहां पर चीटियां होती है वहां पर शक्कर मिश्रित यदि आप आटा डालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा वही मिथुन राशि के जो जातक होते हैं शनि अष्टम और नव भाव के स्वामी होते हैं मार्गी शनि होने का अच्छा प्रभाव आपको मिथुन राशि के जात को प्राप्त होने वाला है आपको जीवन में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से यात्रा करने के मौके मिलेंगे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है लेकिन इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करिए और अपने अच्छे जीवन साथी का फर्ज निभाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें स्वास्थ्य पर आपको पूरा ध्यान रखना कोई चोट चपेट इत्यादि भी सकती है Health is well. से तो कोई धन ही नहीं है और एक चीज बता दें कि कुछ आप आप कमजोर हो सकते हैं इस दौरान। इसके साथ साथ आप अपने घरेलू जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाने की दिशा में अच्छा एक पहल करते हुए दिखाई पड़ेंगे और अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाएंगे आपकी माता जी को आपकी आवश्यकता कुछ पड़ सकती है माता का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना पड़ेगा व्यापार के मामले में आपको प्रगति मिलनी शुरू हो जाएगी यदि कोई पैसा आपका पूर्व में नहीं दिया है तो इस दौरान आपको पैसा मिलेगा भाग्य का आपको साथ मिलेगा कुछ नए व्यापारिक रिश्ते जो आपके लिए काफी बेहतर नतीजे का के स्वामी है राशि के ये और भाव, भाव के स्वामी है मार्गी शनि अवस्था में आपके छठे भाव से गोचर जो है करेगा जिससे आप अपने विरोधियों को पूरी तरीके से शांत करने में कामयाब हो जाएंगे वो चाहे जितना भी प्रयास कर लें आपका तिनका भी कुछ नहीं कर सकते बाल भी का नहीं कर पाएंगे आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही थी वो तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी और आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी हालाँकि आपके खर्चे अभी जो थोड़े बहुत बढ़े हुए हैं इनके प्रति थोड़ा सचेत रहिए आपके कार्यक्षेत्र में जो समस्याएँ चल रही थी इसमें थोड़ा सा मायूसी आ सकती है अब जो है एक चीज़ और बता दें ये मार्गी शनि जब हो जाएगा तो थोड़ी सी आपकी धाक जमेगी ऑफिस में इस दौरान आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है सुदूर यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में या वाद विवाद में जो है आदि में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है जो कोई वकील हैं उनको बहुत अच्छा जो है ये मार्गी रहने वाला है जो कर्क राशि है। राश के हैं ये गोचर कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य के और जीवन के प्रति बहुत कुछ सिखा करके जाएगा इसलिए हर चुनौती को एक नई सीख के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा उपाय के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन आप लोग रुद्राक्ष के माला से जाप जरूर करिए सिंह राशि पर बढ़ते हैं लेकिन दर्शकों 18 और 19 अक्टूबर को दिल्ली में मिल सकते हैं आप लोग और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए तो सिंह राशि के जात को शनिदेव छठे और सप्तम भाव के आपके स्वामी हैं तो लव लाइफ को पूरी तरीके से जीने का दिन आ गया है आप अपने जो है लव पार्टनर के साथ कहीं किसी दूरी पर जो है माफ करिएगा किसी यात्राओं पर जा सकते हैं यदि आपने उनको कोई मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाया होगा तनाव दिया होगा तो इससे लिए उनको उनसे क्षमा मांग लीजिएगा और सच्चे दिल से कोशिश कीजिएगा कि अपने लव लाइफ को आप लोग निभाइए यकीन मानिए शनि देव आपको हर खुशी देंगे संतान के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है जिससे आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेगी इसके अतिरिक्त यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के मामले में आपको बहुत ज्यादा सोच समझ आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस दौरान आपकी कुछ भंग होने से आपकी शिक्षा में अवरोध आ सकता है कुछ ऐसी समस्याएं का आप तो आप आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी जीवन साथी को इस दौरान उनके कार्यक्ष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं ऐसे में आपको उनका जो है आगे बढ़कर के साथ देना चाहिए आपकी आमदनी में बेहतरी होगी सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक होता है लेकिन किसी कारणवश आप आप अपने वर्तमान जॉब को बदलने की की सोच रहे हैं आप धन की हैं धन अहमियत समझते तो भविष्य के लिए उसे संचित करने में कुछ हद तक की सफल हो सकते हैं जॉब बदल सकते हैं उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो किसी गरीब अथवा असहाय व्यक्तियों की यथासम मदद कीजिए उनको शनिवार वाले दिन कुछ मीठा जरूर खिलाइए और यदि किसी विकलांग को आप पका हुआ भोजन शनिवार को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा वहीं कन्या राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो शनि शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, शनि का मार्गी होना आपको पिछली कुछ सीखों को अमल में लाने का मौका देगा अब आप अपने परिवार की अहमियत समझने लगेंगे और इस दौरान आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे उनकी जरूरतों को समझेंगे और जब भी आवश्यक होगा दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे माताजी के आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है खराब हो सकता है इसलिए उन पर आपको ध्यान देना परम आवश्यक होगा हालांकि आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी का विवाद जन्म ले सकता है जिसे सोच समझकर सुलझाना बेहतर रहेगा अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाइए आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और उन्हें जीतने का कोई मौका नहीं देंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं कार्य में आपको मेहनत अधिक करनी होगी लेकिन हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है धीरे धीरे आपको अच्छा समय आने आने लगेगा इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा विशेष रूप से जो है, कोशिश कि और छाती में जो है इन सबके मामलों में आपको सजग रहना पड़ेगा लीवर से रिलेटेड तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार के दिन एक लोहे अथवा मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरे और उसमें अपनी परछाई प्रतिबिंब या चेहरा देखकर छायापात्र के रूप में आपको दान देना रहेगा वही तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का का मार्गी मार्गी होना होना क्या कुछ कहलाता है है तो शनि आपके आपके फोर्थ हाउस सुख के के के के के घर घर और पंचम भाव संतान विद्या के, के के स्वामी है। आपके लिए का मार्गी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको यह सीख मिल चुकी है कि किस प्रकार अपने आलस से लापरवाही से आपने कई चीजों को अपने हाथ से जाने दिया है महत्वपूर्ण कामों में इस दौरान आपको सफलता प्राप्त होगी आपको अब फ्रंट फुट पर आके बैटिंग करना होगा छोटे भाई बहनों की ओर से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है सुख के साधनों में इजाफा होगा कोई भूमि का आपको जो है भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आपकी संतान का अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में जो है सहकर्मियों से अच्छे व्यवहार बनाए रखिएगा अन्यथा वे आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं प्रेम जीवन के संदर्भ में शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आया है और आपके प्यार की धाक जमेगी आपका प्रेम संबंध बहुत मजबूत होगा परस्पर समझदारी का भाव विकसित रहेगा इस दौरान की गई यात्राएं आपको कुछ नई सीख दे करके जाएंगे अविवाहित लोगों के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव आ सकता है अब से आपके खर्चों में कटौती करने के बारे में आपको विचार करना होगा क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा यह समय अपने प्रयासों से तरक्की अर्जित करने का है तो जी जान से जुट जाइए कोशिश कीजिएगा कि दशरथकृत शनि स्रोत का आपको पाठ प्रतिदिन करना होगा वृश्चिक राशि के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कुछ रहेगा मार्गी शनि का फल क्योंकि शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण भी चल रहा है तो शनि देव तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तृतीय भाव पराक्रम का होता है चतुर्थ भाव सुख का होता है तो वृश्चिक राशि वालों के परिवार में जो समस्याएं चली आ रही थी अब धीरे धीरे उनसे मुक्ति का रास्ता मिलेगा हालांकि चुनौतियां अभी भी पूरी तरीके से कम नहीं होंगी और परिवार को जोड़ रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा आपकी माताजी को कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी तथा उनका स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले बेहतर रहेगा शनि की दृष्टि से प्रॉपर्टी के मामले में आपको काफ़ी लाभ पहुंचने का जो है जरिया बनता हुआ दिखाई पड़ रहा कोई नई प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं कोई वाहन इत्यादि भी क्रय कर सकते हैं पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के उससे कुछ आप लाभ कमा सकते हैं यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो इस दौरान आप कर्ज उतारते हुए दिखाई पड़ रहा है परिवार से दूरी भी होने की संभावना रह सकती है कार्य क्षेत्र में आप कहीं दूर जा सकते हैं जिससे परिवार से दूरी बनी हुई रहेगी आपका मन कुछ नई और बूढ़ बातों को सीखने में लगेगा ज्योतिष और अध्यात्म के प्रति भी आपका नजरिया इस दौरान जो है सीखने के लिए बड़े लालयच आपको उठेंगे आपकी आमदनी में इस बार जबरदस्त इजाफा होगा और कोई एक पक्का जरिया सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगा जो कि भविष्य में आपकी इनकम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पूर्व में किए गए निवेश भी इस साल आपको जो है शनि के मार्गी होने से मिलते हुए साल के अंत तक की दिखाई दे रहे हैं शनिवार के दिन काले तिलो अथवा साबुत उड़द का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा धनु राशि क्या कुछ मार्गी शनि लेकर के आए हैं तो आपकी कुंडली जो है ये द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है आप अभी भी शनि की साधे साथी के प्रभाव में चल रहे हैं दर्शकों लेकिन जो एक स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं चली आ रही थी मानसिक तनाव हद से ज्यादा चरम पर पहुंच रहा था अब धीरे धीरे आपको उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपकी सोच विकसित होगी परिपक्व होगी आपने पिछले कुछ समय में जो बहुत कुछ आपने सीखा है ए, उसने आपके जीवन जीने के नज़रियों को बदल कर रख दिया है इस दौरान आप अपने अंदर झाँकेंगे और अपने जीवन की अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे दांपत्य जीवन में थोड़ा सा संभल चलना होगा जीवन साथी को भी अपने बराबर का आपको महत्व तो देना पड़ेगा क्योंकि ये रिश्ता जो होता है बराबरी का होता है छोटे भाई बहनों के प्रति आप सहयोग की भावना रखेंगे तथा कार्य में जमकर पसीना भाएंगे यही मेहनत अब आपको फर्श से अर्श पर ले जाने का काम करेगी आपकी तरक्की के मार्ग प्रशस्त करेगी पिताजी से कुछ आपकी अनबन हो सकती है लेकिन प्लीज़ उनकी इज्जत करिएगा जो चीज़ सनी देव के साथ हुई है वो मत आप लोग करिएगा और आपको उनका मान सम्मान करना पड़ेगा दूसरा कुटुंब में कुछ बात विवाद हो सकता है सेकंड हाउस होता है वाड़ी का तो अपने वाणी में आप जो है सौम्यता लाइए मृदुलता लाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा शनिवार के दिन उपाय के तौर पर बता रहे हैं शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करिए और बेसन के लड्डू का प्रसाद जब बांटते हैं तो शनिदेव और बेहतर रिजल्ट देंगे वहीं मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी है तनिक स्थिति आपको परोपकार की राह पर ले करके ही जाएगी आप दूसरों के लिए जीवन जीना प्रारंभ करेंगे यानी कि दूसरों की मदद करने में इस हद तक की व्यस्त हो जाएंगे होगा कि अपने और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई कमी न इस दौरान विदेश जाने की पूरी संभावना बनेगी और यदि आपने विदेश यात्रा के लिए प्रयास किया हुआ है तो आपका जो है वीजा इत्यादि भी लग सकता है जो लोग वीजा के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे उनको वीजा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा खर्चों की अधिकता हो सकती है लेकिन साथ ही साथ विदेशी मुद्रा प्राप्ति होने के भी योग बन रहे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको किसी बड़ी बीमारी से कष्ट दिलवा सकती है ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति जो है नजरअंदाज नहीं रहना चाहिए नींद से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती है नेत्र विकार आपको हो सकता है इन सबके अतिरिक्त स्थितियाँ सामान्य रहेगी इस दौरान ध्यान और मेडिटेशन करने में भी आपको जो है रुचि रहेगी आपको अच्छे अनुभव मिलेगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शनिवार के दिन शनि की होरा में कोशिश कीजिएगा अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं यदि आपको नीलम सूट करता है तो नीलम धारण आप कर लीजिएगा दूसरा एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि सारे साथी भी चल रही है तो प्रतिदिन दशरथ के शनि स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा कुंभ राशि की ओर चलते हैं तो कर्म का कारक कहा जाने वाला शनि कुंभ राशि के जातकों के लिए लग्न और द्वादश भाव का स्वामी है मार्गी अवस्था में शनिदेव ग्यारहवें भाव में उपस्थित रहेंगे ये आपके लिए धन समृद्धि और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे इस दौरान आपकी योजनाओं को बल मिलेगा और उनके माध्यम से आपका जो पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होगा किसी को यदि आपने उधार दिया है कोई प्रॉपर्टी में लगाए हुए ये सब निकलती हुई दिखाई पड़ स्वास्थ्य में आप नई ताजगी महसूस करेंगे और पुरानी कोई बीमारी यदि चली आ रही ही है, तो उससे तो वफादार ना होना जो है दिखाई पड़ रहा है यदि आप सच्चे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी खैर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावटों का जो सामना अब तक आप कर रहे थे वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है उन्नति कारक समय है उन्नति देने वाला समय है उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का योग भी बन रहा है कोशिश कीजिएगा कि नियमित रूप से शमी वृक्ष को शमी समयते पापना सब सम। जल दे करके आप उसकी पूजा करिए और शनिवार के दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि शनिदेव के दर्शन करने जरूर जाइए अंतिम राशि पर बढ़ते हैं लेकिन दर्शकों सब्सक्राइब करिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए मीन राशि के जातकों को मार्गी शनि का या फल कैसा होगा तो शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी है आपके लिए शनिदेव कर्म मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं अर्थात आपको एक सही दिशा में मेहनत करने का प्रयास करना होगा यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें जी जान से जुट जाए और पूरा फोकस अपने काम पर रखें साथ ही साथ परिवार और जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी आपको बखूबी निभाना होगा कार्य क्षेत्र में ये समय परिश्रम करने का है ऐसा संभव है कि कुछ समय के लिए आपको महसूस हो कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है लेकिन निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी आने वाले समय आपकी बेहतरी का मार्ग खोलेगा का कामकाज के सिलसिले में विदेश अथवा सुदूर प्रदेश की यात्राएं आप सकते हैं जो आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होगी साथ ही साथ आपकी कर्मनिष्ठ प्रवृत्ति आपको औरों से आगे रखेगी और इस दौरान आप गजब की निर्णय क्षमता शनिवार वाले दिन तिल के तेल से आपको जो है अभिषेक करना रहेगा तो ये तो था मार्गी शनि का फल कैसा लगा हो? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दर्शकों जो भी हो जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार